करी अमिल्लाजी बिस्मिल्लाघ मिली इन् उल्लो تقول صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين القديم ونحن على ذلك لمن الشاهد لو الشاكرين والحمد لله رب العالمين आइए कुछ अर्जोमारूस करने से, से कबल गुमबदी खजरा में आराम, आराम, आराम फरमाने वाले अकाउ मौला लम्बे लम्बे हाथों से भीख देने वाले दाता सरवरी कायनत फ़्र मौजूद अहमदी मुझ तबादी और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाही में एक मरतबा हद सलाम पेश फरमाए पढ़िए बावाज़े बुलंद बाबा जेबुलंदा व शफीना व करी मिना मामा उलाना मोहम्मदिन गमा तोल सलाद वाम क्या रसूल सलादों सलाम आल क्या हबीबल सल तसल हज़रा आत जो आप हजरात को गुफ्तु गुफ सबावत फरमानी है वो शान बुजुर्ग ने दीन आप हजरात को सबावत फरमानी है शायर कहता है मलक तो हैं मेरी फर्द फता संभाले हुए मलक तो हैं मेरी फर्द फता संभाले हुए फिर उसके बाद हैं सम संभाले हुए और नबी के इसमें गिरामी का फैस तो देखो मेरे चराग को खुद है हवा संभाले हुए मेरे चराग को खुद है हवा संभाले हुए और हजार सजदे जहाँ का तवाफ करते हैं हजार सजदे जहाँ का तवाफ करते हैं वो एक सजदा है कर्बोबला संभाले हुए और जहा हजारों बुजुर्गों की खान काही है जहाँ हजारों बुजुर्गों की खान खाें हैं वो मुल्क हैं मेरे ख्वाजा पिया संभाले हुए वो मुल्क हैं मेरे ख्वाजा पिया संभाले हुए वो मुल्क हैं मेरे ख्वाजा पिया संभाले हुए और बहुत अजीम है बहुत अजीम है मसलक इमाम आजम का बहुत अजीम है मसलक इमाम आजम का है जिसको मसल के अहमद रजा संभाले हुए है जिसको मसल के अहमद रजा संभाले हुए हजरात आप हजरा अल्लाह तबारका वतला दे अपने हबीब के सदक में तमाम कायनात को रोशनो मुनवर फरमाया अ रबुल्जत नहीं हमें नबी अता फरमाए सिब एक राम अता फरमाए ताबई ने इजामता दीन हज़रत बगदाद बगदाद की है। बगदाद की सरजमीन सरजमीन है, पर ततारियों में एक बादशाह गुज़रा है, जिसका नाम हलाक खान है इसने इरादा कर लिया था मैं जब तक बगदाद की जमीन को तहस नहस नहीं कर दूंगा जब तक मेरी कौम का पैर इनके खून में नहीं डूब जाएगा तब तक मुझे सुकून नहीं लोगों के सरों को काट करके उनका मीनारा बनाना है और उनके सर पर बैठ कर के शराब के जामों को पीना है अल्लाह अकबर कबीरा इसने अपने लश्कर को अपने लश्कर को हुक्म दिया कि की सरजमीन पर हमला कर दिया जाए बगदाद की सरजमीन को मिटा दिया जाए अकबर कबीरा, अल्लाहन पर एक अल्लाह की वली हैं, जिन्हें हजरते जामर तुम जाता है आपकी करामतों का चर्चा बगदाद की सरजमीन पर है बारगा में कुछ लोग हाजिर हुए अर्ज करते हुक खान बगदाद की सरजमीन को तहस नह करना चाहता है बगदाद की सरजमीन को मिटाना चाहता है हजरत अल्लाहु फरमाते हैं, इसका इंतजाम हो जाएगा। आपके पास एक लकड़ी का तलाश करती रही लेकिन बगदाद उसको ना मिला और वापस हलाकू खान के पास चली गई अल्लाहू अकबर कबीरा देख लो मेरे यारे ये, ये नबी ये पाक सल्ला के गुलामों की शाल है अल्लाह अकबर हजरा हलाकु खान ने फिर कब्जा करना चाहा फिर बगदाद की सरजमीन को तहस नहस करना चाहा हजरात कुछ लोग हजरत जाम रदी अल्लाह तु की बारगा में हाजिर हुए अर्ज करते हुद की सरजमीन को फिर हलाकु खान मिटाना चाहता है हजरत जाम फरमाती के जाओ इंतजाम हो जाएगा अल्लाह अकबर कबीरा हजरा हजरत जाम रदी अल्लाह तु ने फिर प्याले को पलटा हजरात बगदाद आपके प्याले में छुप गया आपके प्याले में रोपोश हो गया हजरत जाम रदी ताला हजरात की को तलाश ये सारे, सारे फौजी परेशान हो गए हैरान हो गए हलाकू खान के पास में पहुंचे हम बिल्कुल बगदाद के साहिल के करीब थे लेकिन हमने देखा बगदाद हमारी निगाहों से रोपोश हो गया हमने ने तलाश किया, लेकिन बगदाद हमें नजर न आया अल्लाह अकबर कबीरा हजरत अब खान अपनी अपने अपने जहाँ पैदा हुए हैं करामतों का, का चर्चा चल रहा है अल्लाह अकबर कबीरा कुछ लोग हाजिर हुए अर्ज करते हुए बगदाद की सरजमीन को बिल्कुल मिटाना चाहता है कई हजार की फौज लेकर के बगदाद की सरजमीन को मुस्मार करने के लिए आ रहा है हजरते जाम कि जाओ इंतजाम पलटा हमने बगदाद को छुपा लिया बगदाद को रोपोश कर लिया लेकिन यह कौम ऐसी है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई इन्होंने इनमें से किसी ने गुनाहों से तोबा नहीं की ए जाम, दूसरी मर्तबा तुमने प्याले को, हमने उसमें बगदाद को छुपा दिया लेकिन याद रखो अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है अल्लाह अकबर कबीरा जिस मंजर को तुम करना चाहते हो अब बाज आ जाओ गैब से, से आवाज आती है और गैब से आवाज आती है खून के फवरों में नहीं लाएगा जब तक बगदाद के लोग बाज आएंगे और गर्दनों को काट दिया खून बह रहा है दरिया नील में किताबों को डाल दिया गया अल्लाह अकबर कबीरा औरतों के बच्चों को कत्ल कर दिया गया हजरात वही बगदाद की सरजमीन है उसी हलाकु खान ने उसी सरजमीन पर हजरत हजरते जाम रदी अल्लाह तु के शहर को तबाह बर्बादी की मंज़ली पर फाइस कर दिया अल्ला अकबर कबीरा हजरते जाम रद्ला तु शहादत के मरतबे पर फाइस हो गए अब यही मलून और यही हलाकु खान हजरात लाशों का ढेर लगा करके हजरत उनके सरों पर बैठ करके शराब के प्याले नौश कर रहा है अल्लाह अकबर कबीरा हजरात ये तो हलाकु खान का मामला है अब इसी पर जमीन पर हजराती मोहतरम इसका एक बेटा इसका एक पोता पैदा हुआ।, हुआ।, हुआ हजराती मोहतरम जिसका नाम तारीखों में आता है कि हजरत इसका एक पोता था उसने कसम खाई थी कि हमारे दादा ने बगदाद की बगदादी को तहज नहस पर लोग जिस खाने काबा का लोग तवाफ करते हैं जिस जगह पर लोग तवाफ करने के लिए जाते हैं मन की मुरादों को पाते हैं मैं उस सरजमीन को तहज नहस कर दूंगा मैं उस सरजमीन का नक्शा बदल दूंगा मैं उस सरजमीन को मिटा दूंगा अल्लाह अकबर कबीरा अब यह इरादा करके एक लाख की फौज को साथ लेकर के ले चला।, चला तारीखों में आता है अब जैसे ही ये चला हजरत रास्तों से गुजरा पत्थरों के रास्तों से गुजरा पहाड़ों के रास्तों से गुजरा चलता चला जा रहा है एक पर इसने फरमाया। और जैसे, ही था, जैसे ही इसने काम किया क्या करना था इसके कानों में एक आवाज आती है जो बड़ी मिठास वाली होती है ये वही आवाज है जो इंसान पांचों वक्त में सुनता है जो कानों तक रसाई अल्लाह अकबर जैसे ये आवाज इसके कानों में पहुंची परेशान हो गया हैरान हो गया है हो गया, अपनी सिपाहियों से कहा यह आवाज किस किस से से आ रही है, किस से आ रही रही है जानिब है सिपाहियों को भेजा कमांडरों को भेज दिया कि जाओ तलाश करो हजरत इसके कमांडर तलाश करते हुए एक मकाम पर पहुंच गई एक मकाम पे जहां पर एक शेख साहब है जिनके साथ में पंद्रह लोगों की जमात है अल्लाह अकबर वो एक जगह पर ठहरे हुए हैं और वहां से अजान की आवाज आ रही है इन्होंने कहा कि तुम कौन हो उन्होंने कहा हम मुसलमान हैं इन्होंने कहा कहा क्या तुम्हें डर नहीं लगता उन्होंने आगे बोलने की ताकत ना हुई अल्लाह अकबर ये तमाम के तमाम वहां से चले <coughs> अल्लाह अकबर और वहां पर पहुंच जाते हैं अपने बादशाह <coughs> अपने बादशाह के पास, पास, पास में पहुंच जाते, जाते हैं अल्लाह अकबर कबीरा बादशाह अपने साथ में अपने साथ में कुत्ते को लेता है, है, और कुत्ता लेने के के बाद उन तमाम लोगों पास पहुंच जाता अकबर कबीरा अकबर कबीरा। अब जैसे ही ये चला इसके साथ में सिपाही कमांडर है जब यह चला हजरात तो उसी सरजमीन पर पहुंच जाता, जाता है सवाल करता है, तुम कौन हो क्या हम मुसलमान है क्या तुम्हें, तुम्हें डर नहीं लगता क्या तुम्हें किसी, किसी बादशाह का डर नहीं है तो आप, आप फरमाती वो शेख साहब फरमाती है कि हमें किसी का डर नहीं है खुदा का खौफ है तुम्हें बादशाह का भी डर नहीं है हजरत अब इनका नोट कर लीजिए आप फरमाते हैं कि क्या उस बादशाह का डर हो जिसे अल्लाह तबारक वीज के हाथों में गिरफ्तार कर दिया हो अरे जिसका मामला ऐसा हो जो न जिस चीज को अपने हाथों से बना करके खिला रहा हो अल्लाहू अकबर कबीरा इतना सुनना था सुनने के बाद कदमों में गिर जाता है अर्ज करता हुजूर मुझे कलमा पड़ा करके इस्लाम में दाखिल कर लीजिए जो जो जा रहे थे अब ये एक लाख का चम्बे गफी काबे का तवाफ करने के लिए जा रहा है अल्लाहू अकबर कबीरा यही हिंदुस्तान की सरजमीन है हजरात इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर आपने नाम सुना होगा राजा पथो का कब्ज़ा है और सूरी दुनिया में में आया लेकिन हासिल ना कर सका हजरत अपनी खज़नी शहर लेटा हुआ है जब सैदी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन सुम्मा अजमेरी रदी अल्लाह तंदुस्तान की सरजमीन पर क्या फरमाया मोहतर जमीन पर बैठे जहाँ पर आ, राजा के ओट बैठते थे हजरत कहा जगह नहीं है, यह की नहीं है। तो सरकार गरीब नवास ने एक जुमला इर्शाद फरमाया था अरे नादान अगर तेरे राजा के ओट यहाँ पर बैठना चाहते तो बैठा दे बैठे ही रहे हजराती मोहतरम इस सैदी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की करामत ऐसी चमकी कि हजरत के होश उड़ गए, हैरान तलाश तलाश जा हजराजरा मोहतरम अब जैसे ही और मामला आगे बढ़ा हजरा ने अना सागर पर कब्जा करवा दिया पेरा लगवा दिया अपने कमांडरों को तैयार कर दिया हजरात से सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए हजरा जब यह मंजर गिरफ्तार करवा दिया अल्लाह अकबर कबीरा अब ये शेर सा जो सरजमीन पर आराम कर रहा था जो इंतजार में जो इंतजार की घड़ियों का इंतजार कर रहा था अल्लाह अकबर कबीरा कैसा वक्त आएगा की हिंदुस्तान की सरजमीन मिन इस्लाम का झंडा लहराएगा मुझे कामयाबी मिलेगी अल्लाह अकबर अब यह की, की क्या तुम, क्या तुम हमने तुम्हारे हाथ में हिंदुस्तान को दे दिया अल्लाह अकबर तुम सुबह सवेरे जल्दी चले आओ हिंदुस्तान की सरजमीन पर चले आओ अल्लाह अकबर कबीरा इतना सुनना था हजरा शेर शाह ने फौरन सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी, गोरी ने हजरा मोहतरम फौरन अपने काफिले की तैयारी करनी शुरू कर दी हजरत जैसे ही तैयारी करनी शुरू की अल्लाह अकबर कबीरा हजरात मोहतरम हिंदुस्तान की सरजमीन पर आ गया हिंदुस्तान की सरजमीन पर हल्दी घाट जो मैदान है वहां पर राय पथोड़ा की फौज से हजरात मोहतरम मुकाबला हुआ और मुकाबला होने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन गोरे को कामयाबी मिली सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी की जीत हुई हजरत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की जबानी से निकले हुए अल्लाह तबारक मकबूल हुए अब ये सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी हिंदुस्तान की सरजमीन से जब सफर तय कर रहा था अचानक रास्ते में गुजरते हुए मगरिब का जब वक्त हुआ इसके कानों से एक आवाज आती है इसके कानों में एक आवाज आती है हजरात जब आवाज इसके कानों में आई इसने पहाड़ी के पीछे जाकर के देखा तो कुछ लोग नमाज अदा कर रहे हजरत इसने भी नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद जब सलाम फेरा तो क्या देखता है कि वही बुजुर्ग जिन्होंने ख्वाब में बशारत दी थी वही बुजुर्ग नमाज अदा कर रहे हैं कदमों में गया और हजरत फैज़ हासिल कर लिया हजरत यही ये तो सुल्तान शहाबुल्दीन गोरी का मामला है। हजरत आपने नाम सुना होगा। सुल्तान महमूद गजनबी का नाम आपने सुना होगा आप जानते हैं सुल्तान महमूद गजनवी वो बादशाह है हजरत जिसने बड़े बड़े बितों को तोड़ा है जिसे लोग दहशत से ताबीर करते हैं और कुछ जाहिल ऐसे हैं जिन्हें एहले हदीस हदीस कहा जाता है वो तो ये कहते हैं ये अहिल हदीस था हजरात महतर आप सुनिए सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब आकर कब्जा किया, किया। गुजरात की सरजमीन पर जब कब्जा किया तो सोमनाथ सरजमीन पर पड़ता है महमूद गजनबी किसी बुद्ध पर हमला करता किसी बुद्ध को तोड़ता या किसी मंदिर को तोड़वाता तो हजरात मोहतरम तमाम लोग कहते कि हमारा बुद्ध जो सबसे बड़ा बुद्ध है इन तमाम बुतों से नाराज हो गया है इन तमाम से नाराज हो गया है इसलिए सुल्तान महमूद गजनवी उन तमाम बुतों को तोड़ महमूदी उनमूदी सुल्तान महमूदी की सरजमीन से आया और गजनी की सरजमीन शौंणी शौंणी से आने के बाद सुल्तान महमूद गजनबी ने इस सरजमीन पर हमला किया लेकिन हमले से पहले सुल्तान महमूद गजनवी ने अपनी फौज से हजरात तो हमला लेकिन तो कहीं से हमला किया को रास्ता, नजर नहीं आ रहा। को रास्ता नहीं मिल रहा। रा। सुल्तान महमूदी है अब सुल्तान से तोर मोहब्बत थी मुबारक अता किया था सुल्तान तो महमूद महमूदी ने उसी मुबारक को झुका लिया पहनाबारक सुल्तान महमूदी की हजरात कबूल हो गई अल्लाह तबारक वारगा में दुआ मकबूल हो गई जब सुल्तान महमूद महमूदी ने सोमनाथ को फतेह किया तो आपके तो साथ में सैयद मसूद गाजी जिनका मजार शरीफ में है। जिनके में आता है हजरत सफेद, सफेद ही हो, तो जाए। हो, हो जाएगा अगर किसी की बीनाई कम हो चुकी है तो आपके मजारे मुकदस की खाक लगा ले उसकी आंखों को सेहत भी मिल जाएगी अल्लाह अकबर कबीरा अब सुल्तान महमूद जवाक किया तो का का आप इतिहास का तारीख के औराकों को कि हजरत वही सोमनाथ में, में एक बहुत बड़ा बना हुआ है जो चार फिट या पांच फिट अंदर गड़ा हुआ है और इतना तो ही ऊपर को है हजरत उसके छोटे बड़े तो करीब में बने हुए हैं सुल्तान महमूद गजनवी से तो तमाम पंडितों ने कहा ए, महमूद गजनवी, अगर तुम्हें माल की जरूरत है अगर तुम्हें जवाहरात तुम्हारात तुम्हारात की जरूरत है अगर तुम्हें सोने चाने की जरूरत है तो हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। हम तुम्हें पेश करने के लिए तैयार है ए महमूद गजनबी मगर इसको मत तोड़ो हजरात सुल्तान महमूद गजनबी ने अपने भांजे से सालार मसू गाजी से मशवरा किया ये सालार बताओ क्या करना है महमूद के फरमाते हैं हैं मसूद गाजी। अगर आप चाहते तो गजनबी तो ने उस बुद्ध के तीन टुकड़े किए एक टुकड़े को काबे की सरजमीन पर भिजवा दिया एक को को अपनी पर भिजवा दिया दिया। और एक को किसी पुल में लगवा अकबर कबीरा हमारे आकाबिर ने कारनामा अंजाम दिया हज़रत यही वो बुजुर्ग ने दीन है बुजुर्गान दीन से मोहब्बत रखने वाले है अरे दुनिया में जब जब इंसान को कामयाबी मिली नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है लेकिन विलायत का दरवाजा कयामत तक खुला रहेगा, और ये वली रहेगाबरों पर इंसान को कामयाब सजदा करते हो तुम शिरक करते हो तुम विदात करते हो लगाते हैं कुछ कहते है, खड़ी मूर्ति को पूछते हो बड़ी मूर्ति को पूछते हो अरे जालिम तुमने इन वलियों को जाना नहीं है इनके मकाम को जाना नहीं है इनके मरतबे को जाना नहीं है अरे जालिम जब कुरान को मानता है तो कुरान में रब इरशाद फरमाता है इन मगर मुतकी है, है परहेजगार हैं। बेशक जो उसके दोस्त होते हैं वो मुत्ती होती हैं, वो परहिजकार होते हैं और ऐसे परहेजकार होते हैं कि जो भी उनके चेहरे को देख लेता है वो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता का तो ना। का नाम आपने सुना। का नाम आपने आपने सुना सुना होगा। कौन वही जिनके चेहरे को अगर कोई देख लेता तो वो कलमा पढ़कर के मुसलमान हो जाता यही यहीजी गुस्ताबी मेरे प्यारे बुजुर्गो का मामला है हजरत कलियर की सरजमीन है इसी सरजमीन पर एक, एक अल्लाह के रसूल कहा जाता है हजरत आपने देखा मंजर मुलाहजा फर पाया साबिर अलाउद्दीन कलियरी की बारगा में अरे बुजुर्गों की बारगाह से मांग के तू तो देख जो तू तो मांगेगा तुझे वो मिलेगा बुजुर्गों की बारगाह में आके तो देख अगर तू चाहता है तो कामयाब हो जाए तो तुझे कामयाबी मिलेगी हम किसी वली को वली ही मानते हैं ना कि उसे नबी मानते हैं या खुदा मानते हैं अरे हमारा ईसाइयों के अकीदे की तरह नहीं है कि उन्होंने ही सलाम को अल्लाह का बेटा मान लिया मरियम को अल्लाह की बीवी मान लिया अरे जालिमों हम तो एक रास्ते पर कायम हैं हम तो हजारों में भटकने वाले नहीं है चारों तरफ की बजाना बंद कर दे एक रास्ते पे आ जा या तो सरासर मोम हो जाए या फिर पत्थर हो जा इसलिए किसी ने कहा मिट गए, मिट गए मिटते हैं जाएंगे आधा तेरे ना ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा निगाही वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी अल्लाह वाले तमन्ना दर्द की हो तो खिदमत कर फकीरों की नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के बादशाह रबी मिनकुलआ